देख जात सि नाथ जी देख में जात सि नाथ जी देख में जात सि घायल जटायु कहते हैं प्रभु चे प्रभु लंका का राजा पापी राम सीता को रथे पर बिठा के लंका का राजा पापी राम सीता को रथे पर बिठा के दक्षिण दी सा ले गया दक्षिण दी सा ले गया उस पद बी माने बूढ़ा के नाथ जी देखा मैं मजा दिया नाथ जी देखा मैं जाते दिया राम ना लखन नाम पुकारे सीता रोवे बिलखा के राम ना लख नाम पुकारे सीता रोवे बिलिखा के एक न सुने पापी रामी एक न सुना पपी रामन मैं भी हरा समझ नाथ जी देखा म के नाथ जी देखा म जातिया देखा देख में के, देखा जाते के नाथ जी देखा जाते नाथ जी देखा मैं जताई कहते हैं कि हे है प्रभु मैं भी बड़ा कोशिश किया पहले समझाया नहीं माना तो जब तक पंखे रहा मैं लड़े गया जब तक पंखे रहा मैं लड़ा रामन से तम तो लगा के जब तक पंखे रहा में लगा रामन से दाम में लगा के पंख विधि ने कर दियो पापी पंख विधि ने कर दिया पापी चंद्रहा से खड़े चला के नाथ जी देखा जाते दत के नाथ जी देखा मजा तिया देखा देख मजा दिया के देखा देखा मैं जा के देखा मैं जाते थिया के नाथ जी देखा मैं जाते नाथ जी देख में जाते देख में जाते देखा मैं जाते जाते नाथ जी देखा मैं जाते जा नाथ जी देखा में जाए